ये वीडियो रेडमी सेवन का है और पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जम्फर लगाने के बाद यदि टच आपका काम नहीं कर रहा है तो मैं इस जगह से दूसरा प्रॉब्लम भी आता है मोबाइल में तो मैं दूसरा प्रॉब्लम को मैं आप ही सेल्फ करने के लिए जा रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि यदि आप जंपर लगा चुके हैं और काम नहीं कर रहा है तो दूसरे जगह भी फिर जंफर आप लगा सकते हैं तो दूसरे जगह जम्फर लगाने के लिए मैं अभी बताने जा रहा हूँ मेरा टर्च देखिए दूसरे जगह जम्फर लगाने के बाद एक जगह जंपर लगाए और दूसरे जगह जम्फर लगाने के बाद मेरा टच काम कर रहा है देख रहे हैं मेरा टच काम रहा है तो पर हमने जम्फर लगाया वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लाइन से बने रहें देखते को रिमूव कर देते हैं जिसके लिए पत्ता वो रिमूव कीजिए आपने देखे कि मैं टच वर्क किया तो मैंने जम्फर किस जगह पे लगाया पहला वीडियो में मैंने बताया था कि जम्फर इस जगह लगाने के बाद यदि यदि शायद काम नहीं किया तो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा तो फर्स्ट में जम्फर मैं यहाँ पे मारा था इस जगह पे ये मेरा डायोड रिमूव हो गया था यदि आपको नहीं पता चलता हो तो यूट्यूब से या तो यूट्यूब से तो आपको फेक वीडियो भी मिल जाते होंगे तो आप गूगल पे जाइए और मडरबोर्ड इसका लोड कीजिए मडरबोर्ड लोड करके आप देख लीजिए यहाँ पर कंपोमेंट लगा हुआ है उसमें कि नहीं लगा हुआ है यदि उसमें लगा हुआ होगा तो इसमें टूट गया होगा आपको पता चल जाएगा उसमें तो लगा हुआ है तो इसमें नहीं है तो इसमें झड़ तो गया है मतलब एक्सीडेंट उक्सीडेंट तो होता है मोबाइल का घी जाता है टूट जाता है तो ये जाता है ऑटोमेटिक तो इसका ये भी झड़ गया था इसमें रिजम्फर मार के देख लिया हम नहीं हुआ तो हमने आगे देखे तो आगे यहाँ पर भी झरा हुआ था ये भी झरा हुआ था एक दो तीन तीन को लगा हुआ रहता है तो तीसरा नंबर का जो है ये भी झरा हुआ था बीच में निगेटिव रहता है इसमें लगाव नहीं रहता है इसमें लगाव हुआ रहता है तो ये भी टूटा हुआ था इसमें जमफर मारिए दिए थे इधर हमने ध्यान नहीं दिए थे इसलिए पर हमें आपको आगे भी बता दिया था जो कि आगे नहीं कम करेगा तो आगे बताएंगे यहाँ पर भी टूटा हुआ था यहाँ पर भी जमफर हमने लगा दिया यदि इससे भी आगे प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा यहां पर भी दम्फर लगाया मेरा काम हो गया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि अगले वीडियो आपको देखने के लिए मिले थैंक यू थैंक यू वेरी मच